हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एथिकल हैकिंग ट्यूटोरियल्स। तो आज हम अपना बेसिक एथिकल हैकिंग शुरू करेंगे तो आज हम जानेंगे हु इज़ टाइप्स ऑफ हैकर्स, फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग तो सबसे पहले जानते हैं आखिर हैकर्स कौन होते हैं ए हैकर इज़ एनी हाईली स्किल्ड कंप्यूटर एक्सपर्ट हु यूजिज़ कंप्यूटर्स टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस ऑफ डाटा मतलब एक हैकर हाईली स्किल्ड कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है जो किसी भी अनऑथराइज्ड डाटा को एक्सेस कर सकता है अब जानते हैं कि हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं वैसे तो हैकर्स तीन टाइप के होते हैं मेन व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स। लेकिन एक चौथा भी है स्क्रिप्ट की डी तो सबसे पहले जानते हैं वाइट हैट हैकरस कौन होते हैं वाइट हेट हैकरस होते हैं जो सारा काम लीगली करते हैं मीन्स वो जब हैकिंग करते हैं जब कोई कंपनी उन्हें हैकिंग करने के लिए कहती है उसी की सर्वर्स को ब्लैक हेट हैकरस होते हैं जो बिना अपने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बिना कंपनी की परमिशन से किसी भी साइट्स को हैक करना शुरू कर देते हैं ये इलीगल होते हैं ग्रे हेड हैकरस होते हैं जो ज़्यादातर अपनी मर्जी से ही चलते हैं मन क्या तो अच्छा काम कर लिया नहीं तो बुरा स्क्रिप्ट के डी हैकरस होते हैं जिन्हें वैसे तो नॉलेज बिल्कुल नहीं होती लेकिन बस वो प्रोग्राम्स की हेल्प से ही हैकिंग करते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो आखिर कर क्या रहेगा उसके बाद हम जानते हैं कि हैकिंग के फेजेस कितने होते हैं इसके सबसे पहले होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और इसे फुट भी कहते हैं इसके अंदर सबसे पहले हम टारगेट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो मींस गूगल या फिर किसी और साइट्स पे फेसबुक जहाँ पे भी हमें मिले वहाँ से उतनी सारी इंफॉर्मेशन हम उसकी निकाल लें उसके बाद आता है स्कैनिंग और वर्नबिलिटी एनालिसिस इसके अंदर हम उसके सिस्टम्स को स्कैनिंग करते हैं और देखते क्या उसमें कोई वर्नबिलिटी है इसे हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में गेनिंग एक्सेस और एक्सप्लोइटेशन इसके अंदर ये तब होता है फेज़ जब हम किसी वर्नरबिलिटी को एक्सेस करके सिस्टम को हैक कर लेते हैं उसके बाद आता है मेंटेनिंग एक्सेस इसके अंदर जब हम उसे हैक कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसके अंदर कोई ट्रोजन्स या बैकडोर्स टूल किट्स वह सब डाल देते हैं जिससे हम अपने जो हैक किया है उसके एक्सेस को मेनटेन कर सकें उसके बाद होता है कवरिंग ट्रैक्स इसके अंदर हम जितने भी हमारा रिकॉर्ड्स होता है उसे हम डिलीट कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि हमने हैक किया है या नहीं उसके बाद फाइनल होता है रिपोर्टिंग इसके अंदर हम जिस कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है हमारा कि हम उनके सिस्टम्स को हैक करेंगे उनको रिपोर्ट देनी होती है कि हमने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए थे उनकी प्रॉब्लम क्या क्या है और आखिर में हमने हैकिंग कैसे की थी तो दोस्तों ये था आज का हमारा बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग आगे हम इसके बारे में और भी जानेंगे डिटेल में तो बेस्ट ऑफ लगता है